मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर पहुंचे जहां वे मोनिया महोत्सव में शामिल हुए और मोनिया कलाकारों के साथ जम कर थिरके इस दौरान उन्होंने पढ़ाई को लेकर कई घोषणाएं की शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब एमपी मेडिकल लॉ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी मातृभाषा हिंदी में होगी उन्होंने कहा पीएम मोदी की इच्छा के अनुरूप यह काम एम सरकार ने शुरू कर दिया है सीएम मोनिया महोत्सव में शामिल होने आए थे यहाँ मोनिया कलाकारों को नाश्ते देख वे भी उसी वेशभूषा में आ गए और अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए और मोनिया नृत्य करने लगे उन्होंने मोनिया महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाने की भी घोषणा की है, है सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाऊंगा प्राइवेट स्कूलों को कर देंगे ताकि गरीब के के बेटा-बेटी बेटा-बेटी भी भी किसान ढंग से तो छोड़ा हुआ था और एक भैया बैठ अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए अपने देश अब जितनी पढ़ाई हो कोई अंग्रेजी में करो मेडिकल कर तो की इंजीनियरिंग की अब बताओ अपने मोटी बेटा बेटी हिंदी में पढ़े तो अंग्रेजी की किता तो समझ में नहीं आए तो मुट्ठी बार बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी बेटो बड़े पदों पर पहुंच जाए और किसान तो के करीब के ले जाए सही बात है अरे बुद्धि तो अपने बेटा बेटी